नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण जहां पर वाहन मालिक परेशान हैं वहीं पर एक ऐसा इनोवेशन ईजाद हुआ है जिसमें पेट्रोल से नहीं बल्कि एल पर चलेंगी बाइक इससे पैसे की भी बचत होगी एक किलो गैस में 90 किलोमीटर तक ये बाइक चल सकेगी पलपल पल टोहाना से दीपक कुमार की विशेष रिपोर्ट लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया था उसे एक किसान ने आत्मसात कर किसानों को एक नई राह दिखाने का भी काम किया है टोहराखंड के रहनवाली गांव में एक 25 वर्षीय किसान गुरप्रीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक ऐसी तकनीक ईजाद कर डाली जिसमें गाँव के लोग ही नहीं बल्कि जो भी सुनता है वह उसके द्वारा बनाई गई नई तकनीक को देख कर जाता है एक छोटे से गांव में रहने वाले गुरप्रीत ने पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल को एलपीजी गैस पर चलने के लिए इस तकनीक का ईजाद किया इसे न केवल पैसे बचेंगे बल्कि मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं से भी निजात मिल जाएगी अब आपको बता दें कि तकनीक से लाभ क्या होगा गुरप्रीत सिंह ने बताया कि इस तकनीक को अपनाने के बाद हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा अगर इस तकनीक का उपयोग कर हर किसान अपने लगे अपने लिए अगर अपनाने लगेगा तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश का विकास संभव हो जाएगा और हमारे किसान भाइयों को जीवन में खुशियाँ लौटाएंगी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की समस्या से निजात मिल सकती है गुरप्रीत ने कहा कि इस मोटरसाइकिल को एलपीजी गैस से चलाने के लिए जो तरीका गैस चूल्हे से मिलता है बिल्कुल उसी प्रकार से है और उससे भी आसान है एल गैस सिलेंडर पेट्रोल से नहीं बल्कि अब एलपीजी से ही चल पाएंगे जिस प्रकार से एलपीजी गैस सिलेंडर से इस प्रकार रेगुलेटर का इस्तेमाल होता है उसी प्रकार से गैस सिलेंडर में रेगुलेटर में लगे पाइप को लगा करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया जा सकता है आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट ठीक है, है वो सिस्टम है जो मेरा और मैंने एक सिस्टम तैयार किया है कि जो अपना मोटरसाइकिल है ना पहले पेट्रोल पे था आपको पता ही है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो कम से कम लगा लो कि 100 और 102 हो चुकी है ठीक है जी उस महँगाई को देखते हुए हमने एक सिस्टम तैयार किया है जो एल गैस पर है ठीक है जी वो एल गैस पर लगा लो जी एक किलो मतलब एक किलो में नब्बे किलोमीटर वाल निकालता है नब्बे किलोमीटर वाल जाता है ठीक है जी एक किलो गैस में और लगा लो कि उसके जो मतलब अंदर है सिलेंडर एक छोटा सा उसका कोई खतरा नहीं है मतलब जब फटने का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है ठीक है जी तो हमने ये सिस्टम तैयार किया है जी एक किलो गैस में नब्बे किलोमीटर निकालता है जी ढाई किलो उसके बीच गैस पड़ती है कोई उसका खतरा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि उसकी लगा लो कि भी कोई पिक वगैरह कम है ठीक है जी पिकअप है उसकी मतलब जितनी मतलब पेट्रोल पे होती है ना पिकअप उतनी ही पिकअप है उसकी गैस पर भी बाकी मैंने आपको राइड करके दिखाया ठीक है जी उसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर बाकी कोई कमी तो नहीं है बाकी आप चेक कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो सारा मैं इतना बोल सकता हूँ मतलब कोई कमी नहीं है जैसा कि आप देखते हैं ना कि जो स्टूडेंट आजकल के लगा लो जो गरीब है गरीब परिवार से है उनके पास पैसे नहीं है ठीक है जी वो मतलब सौ रुपये तेल मतलब कई उनके पास ऐसी होती है कि लगा लो पैसे नहीं मतलब डवा सकते मतलब उसके बीच मतलब भी तेल नहीं डवा सकते इतना महंगा तो इसको देखते हुए ना हमने एक सिस्टम किया है कि गैस पर ही कर दें इसको मैं भी एक स्टूडेंट हूं ठीक है जी मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझता हूं भी क्या प्रॉब्लम है उनकी तो मैंने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये मोटरसाइकिल मैंने गैस पर किया है एल गैस पर ऐसा लगा लो कि ये सिस्टम इतना औखा तो नहीं है कि अपने घर में तो गैस होती है ना एल गैस होती है जो मतलब अपना सिलेंडर होता है घर का सेंटर आप उसी से ही कन्वर्ट करके इसमें मतलब गैस भर सकते हो मतलब इजी है बिल्कुल सारा अगर आप चाहो तो ओनली गैस पर भी करवा सकते हो और चाहो तो पेट्रोल और गैस पर भी हो जाएगा पेट्रोल और गैस पर का मैं बताता हूं आपको कैसे जैसा कि लगा लो आपने गैस भर रखी है ठीक है इसके बीच जैसे गैस मुक जाती है उसके बाद आपने करना है कि जैसे पेट्रोल मतलब पेट्रोल भरा टैंक के बीच ठीक है जी तो मतलब आप उसकी टी ऑन करके इधर से सिलेंडर ऑफ करके आप सिस्टम कर सकते हैं मतलब पेट्रोल पे भी हो जाएगा वैसे तो हमने वैसे जो सिस्टम किया मैंने है कर रखा है बाकी आप जैसा वो लोग वैसा कर देंगे कोई कमी नहीं है कोई पिकअप पिक की मैंने खुद टेस्टिंग किया और आपको ऐसा लगता है आप खुद आ सकते हो रेहन वाली ठीक है जी सीटी मेरे टाना है डिस्ट्रिक फतेहबाद है रहने वाली मेरा घर है आप आ सकते हो ठीक है बिल्कुल चेक कर सकते हो पहली बार सिस्टम किया है खर्चा इसका है जी ज़्यादा ही खर्चा आया वैसे पैंठ सौ रुपये खर्चा आया इसके ऊपर जी हाँ जी जी ऐसा लगा लो कि मैं क्या एक देखते हुए ना जैसा कि लगा लो सौ का तेल एक एक लीटर आता है पहले सौ का तेल लगा लो कि दो लीटर ही आता था मैं खुद मैंने डलवाया पहले मतलब सौ का दो लीटर लेकिन अब वो एक लीटर ही आ रहा अब खुद देख सकते हो कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है उसको उसमें पैसे भी चाहिए और अपना सिस्टम भी चाहिए ठीक है ना जी उसी चीज़ का मद्देनजर मैंने रखती हुई एक सिस्टम तैयार किया है जो सीधा गैस पर ही है गैस पर बिल्कुल लगवा देंगे जी बिल्कुल लगवा देंगे हम खुद ही लगाते हैं हाँ जी बिल्कुल नंबर है मेरा एट जीरो फाइव नाइन फाइव जीरो नाइन वन सैवन फाइव ठीक है जी तो ये मेरे ब्रदर ने और मेरे पिता जी ने साथ दिया मेरा ठीक है जी और ऐसा लगा लो कि सारा एक दिन ही वेस्ट हो गया सिमते हुए सिस्टम लगाते हुए टाइम बहुत लगता है इसके और बाकी ऐसा है कि हम दो घंटे फिट कर देंगे इसको अब तो पहली बार ऐसा है नहीं कि जो पहले सिस्टम करते हैं तो सौखा होता है तो तो अब करते हैं कोई चक्कर नहीं है दो घंटे फिट करके दौड़ देंगे मैं ऐसा लगा लो जी कम से कम दो महीने से आ रहे हैं सोचते दो महीने से सिस्टम ऐसा करना है कि मोटरसाइकिल भी चले और खर्चा भी कम हो प्रोजेक्ट जो तो पहले भी तैयार किया था एक फ्री एनर्जी वाला जी उसका भी सरकार ने कुछ नहीं किया जा किसी ने कोई महंगाई कर रखी है मैं भी अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर दूंगा आने वाले टाइम में अगर अब इतने वीडियो आपने? ऐसा लगा लो सर जी कोई मोटरसाइकिल हो ठीक है जी बुलेट लाओ जो भी मोटरसाइकिल हो हम कर देंगे उसको गैस पर कर देंगे कोई चक्कर नहीं है अगर गैस पर करना चाहता है कस्टमर तो गैस पर कर देंगे अगर वो चाहते हैं कि पेट्रोल और गैस ही जैसा कि लगा गैस चले जाते हैं उसके सिलेंडर से तो वो सीधा पेट्रोल से टी खोल सीधा हो जाएगा पेट्रोल भी हो जाएगा अगर पेट्रोल मतलब उसके बीच नहीं है टैंकी भी गैस पर अपना चलाओ उसका कोई चक्कर नहीं है जी हाँ जी बाकी ऐसा है मैं सिस्टम ऐसे कर रहा हूं कि कम खर्चे में ठीक है जी ज्यादा सिस्टम हो जैसे ज़्यादा मैंने किया, कम खर्चे में लगा लो कि पचास पैसे किलोमीटर चलता है जी पचास पैसे किलोमीटर और जो पेट्रोल है वो दो रुपए किलोमीटर चलता है ऐसे सिस्टम में कर रहे हो बाकी आगे वाला सिस्टम जो मैं करूंगा ना तो ऐसा लगा लो कि वो कि ऐसा ना हो कि